परासिया में सनातन धर्म समिति ने अनोखे ढंग से दिवाली मनाई समिति के लोग जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचे जहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को पटाके मिष्ठान और कपड़े बांटे और लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाया जहां देश भर में सभी लोगों ने दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई वहीं सनातन धर्म समिति ने जरूरतमंद लोग और छोटे व्यापारी के बीच में पहुंचकर पटाखा मिष्ठान और कपड़े वितरण कर एक अनोखे अंदाज में दीपावली मनाई समिति के संयोजक राजकुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कहीं खुशी तो कहीं गम तो कहीं लोगों को भावुक होते देखा गया उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की हमने किसी को सूचना नहीं दी थी ना हम जानते थे कि मदद किसकी करना है ना वो हमें जानते थे कि मदद करने वाला कौन है बस हम सभी सदस्य दीपावली के बाजार में निकल पड़े इसी बीच तत्काल जरूरतमंद लोगों के बीच में पहुंचकर छोटा सा उपहार दिया और दीपावली की शुभकामनाएं दी